सो so, कैसे हो आप सब आई होप आप सब मस्त होंगे मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है मैं कौन हूँ और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं मेरा नाम है जीवराज लीलावत मैं राजस्थान के छोटे से शहर बाड़मेर से हूँ तो मेरा ये फर्स्ट लोग है तो इतने सारे वीडियो बनाने के बाद अब फर्स्ट व्लॉग क्यों डाल रहा हूँ तो वो बता रहा क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना तो शुरू से ही ऐसे ही डाल दिया मैंने फर्स्ट व्लॉग नहीं बनाया जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी और अब बना रहा हूँ फर्स्ट व्लॉग क्योंकि सबके वायरल हो रहे थे पुष्पा से भी ज़्यादा वायरल हो रहे फ़र्स्ट ब्लॉग इसलिए मैंने भी अपना फ़र्स्ट ब्लॉग बनाया तो ये था फर्स्ट ब्लॉग बनाने का कारण क्योंकि बाकी सब वीडियो पे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो हमने भी ट्राई किया तुम्हारे बहने के भाई चलो हम भी बनाते हैं फर्स्ट व्लॉग शायद वायरल हो जाए भाई और मुझे पता है आप लोग इन पर बहुत सारा प्यार दोगे और भाई को सपोर्ट करेंगे और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में